वेलकम टू माय चैनल आर टेड गेमर सो गाइज आज हम खेलने वाले हैं लोन बुल, वन, तो मैं स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या होता है आज हमारी हम कैसी परफॉर्मेंस रहेगी क्या हम धमाल मचाएंगे चलिए फिर शुरू करते हैं सो so गाइज हम मैच में आ चुके हैं और हमने इकट्ठा ले लिए तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो हम यार गाइज कोशिश करेंगे डिफेंसिव गेम प्ले की थोड़ा बंदा देख लिया पहले बंदा किस टाइप का प्रो या उस टाइप से कैसे खेलना है उसके साथ में राउंड लेके देखते हैं एक बार है कहाँ पे बंदा यार देख तो रानी है कोई बात नहीं मिल गया हेड तो बजाने को नेक्स्ट टाइम मारते हैं ये भी मिस हो गया है यार कोई ना कोई ना इसको धोएंगे तो जरूर अपन चाहे हेड से धोएं या फिर बॉडी शोट से धोना तो आइए अपने को इसका गया पहला राउंड हम जीत चुके हैं गाइश चलो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है आराम से खेलना पड़ेगा रुक जा भाई रुक जा कहाँ पर जा रहा है तू देख गया ऊपर ही है पहले एक हेड मारने कोशिश ना काम हुई हमारी कोई बात नहीं पहले डिफेंस अपनी कर लेते हैं कवर कर ले ग्लूबॉल की बच गया यार कोई ना सेकंड ट्राई करते हैं ओ ओ ओ इस बार हम मार दिए एक बार उसने कोई बात नहीं इस राउंड तो हमसे छोड़ेंगे नहीं जो मर्जी हो जाए यह तो गया उसने एक एक्के चूज किया तो दिख गया बंदा गया ये तो उसके एक्के से हमने उसे धो डाला मस्त धो डाला अरे बाबा जबरदस्त तो गाइज फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है तो एक लीड दो एक की लीड है अपने पास बंदा वहीं पे है फिर से कोने तक यार भाग गया कोई बात नहीं अब राउंड लेके देखना पड़ेगा कि है कहाँ पे थोड़ा नोक गिरी करते हैं नूबड़ों की तरह चल के देखते हैं बंदा तो दिख नहीं रहा यार ये आएगा बाहर आएगा आएगा चूहा अपने बिल से बाहर आएगा और बिल्ली का शिकार जरूर बनेगा आ गया चूहा बाहर और ये गया हमें हराना नामुमकिन है कोई तो बात नहीं इस राउंड हमने काउंड चेंज करने का मौका मिला था तो हमने MP5 और यूज़ थी। तो की थी। क्योंकि दोनों शोट रेंज की गन्स हैं क्या बात लग रहा है इस बार हमें धोएगा क्या इतने गुस्से में आ रहा है बंदा यार गोलियां चलाता हुआ इसको तो गया एम पी फाइव चलो ये राउंड भी हम जीत गए राउंड सिक्स चार एक हो गए अपने पॉइंट्स दिख गया बंदा ये फिर से एम पी फाइव सिक्स को बड़ा फटकाब अपना ड्रैक कामयाब नहीं हुआ गाइज कोई बात नहीं हम राउंड ले जाके देख राउंड लेके देखते हैं है कहाँ पर इसने बचना तो है ना किसी भी हाल में क्योंकि हम इसे चुन चुन के मारेंगे ढूंढ के मारेंगे गाइज मारेंगे जरूर उसको ये दिख गया चलो बटे घर जाले घर जा भाई तो यहाँ हमारा बुआ हो गया है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग